तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आई उप हो, अच्छे होंगे मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आज मैं आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ का स्टेशन आज मैं आप लोगों को मेरठ साउथ का स्टेशन दिखाने वाला हूं, तो देख सकते हो यहाँ पर डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि आगे नाला है मोदी नगर का तो ये यह यहाँ से थोड़ा सा कर्व ले लेगा लेफ्ट में दोस्तों और उसी के ऊपर आपको बता दूं कि स्टील के गाटर द्वारा इसका बायोडेक्ट बनाया गया देख सकते हो ये चार स्टील के गाटर है और नीचे ये नाला है दोस्तों दिखाई दे रहा है नाला है ये कर्ब ले लेता है और कर्ब लेने के बाद में फिर ये बीच वाले डिवाइडर पर आ जाएगा दोस्तों रोड के तो ऐसे ही एक डिवाइडर और अभी आ गए आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वहां पर ये छोटी सी कैनाल है मोदीनगर जब निकल जाते हैं दोस्तों वहां से मोदीनगर एंड हो जाता है दोस्तों तो चलते हैं और आप लोगों को आज इसी वीडियो में दिखाते हैं मोदी नगर में और मेरठ साउथ में क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्ग चल रहा है इस मेरठ कॉरिडोर का दोस्तों तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन भाई चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस पर डे के संत के चैनल पर देखते रहो के संत लाता रहता है और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हो ये थोड़ा सा कर्व लेने लगा है नहीं लेने लगा है तो आगे और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर भी इन्होंने स्टील के गाटर द्वारा बायोडक्ट को जोड़ा है दोस्तों आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और जो अभी यहाँ पर जो ऊपर बायोडक्ट के ऊपर जो काम किया जा रहा है दोस्तों एक तो ये देखो पैराफिट बॉल लगाए जा रहे हैं पैराफिट बॉल लगाए जाने के बाद में इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है और अभी इसमें साइडों में रेलिंग भी लगाई जाएगी रेलिंग लग जाने के बाद में दोस्तों इसमें आपको बता दूं देखो डिवाइडर तो इन्होंने पहले ही लगा दिए थे अब इसमें क्या चल रहा है इसमें अब ट्रैक स्लेब डाले जा रहे हैं और ट्रैक स्लेब बिछाने दे, देने के बाद में दोस्तों फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा इस पर इलेक्ट्रिकसिटी के अभी खम्भे लगाए जाने हैं अभी नहीं लगे हैं देख सकते हो आप लोग तस्वीर है फिर उसके ऊपर खम्बे के ऊपर दोस्तों ओवरहेड हेड लगाया जाएगा और उसके बाद में लास्ट में इस पे ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना है दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो और आप लोग बताओ मुझे नीचे कॉमेंट करके कि पी संत के आप सभी को वीडियोज़ कैसे लगते हैं अच्छे लगते हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ख़राब लगते हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है मेरे बोलने में गलती हो रही है सूट करने में गलती हो रही है वो सब आप लोग बता सकते हो क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मेरी समझ में क्या आएगा मेरा तो सिद्धांत यही है कि भाई काम आपको दिखा रहा हूँ मैं कहाँ वर्क चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है क्या वर्क चल रहा है वो मैं दिखाता रहता हूँ लेकिन जो मेरी गलती है वो तो आप ही सभी बताएंगे दोस्तों कहां-कहां मैं गलतियां करता हूं बोलने में या लिखने में या जो भी है जैसा भी है आप मुझे नीचे कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बता सकते हो तो देख सकते हो अभी चलते चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि एक तो आपको ई डी एफ सी ये डेहली मेरा ट्रा आर क्रॉस कर रही है दोस्तों देख सकते हो दूसरा ये अब यहाँ पर कर्ब ले लेगा तो यहाँ पर भी आप लोगों को डबल पिलर देखने के लिए मिलेगा और स्टील के गार्टर द्वारा यहाँ पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हो ये मोदी नगर बिल्कुल हम क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों और यहाँ पर ये यह थोड़ी सी छोटी सी कैनाल है उसी कैनाल को क्योंकि बीच में ब्रिज आ रहा है उसका कैनाल का तो इसी वजह से थोड़ा सा कर्ब ले, ले लेता है और यहाँ पर काम हो गया देख सकते हो फ्रीसिंग का काम किया जा रहा आप सभी के सामने देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोस्तों और आप लोग बताओ कि आप सभी को वीडियो कैसे लगते हैं केपी के, के द्वारा दोस्तों दहली मेरा आरआरटीएस दोस्तों देख सकते हो ये ईडीएफसी को क्रॉस कर रही है जो कि दादरी से और लुधियाना जाएगी दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और जैसे ही हम आगे क्रॉस करेंगे तो देख सकते हो अभी ये सेटिंग लगी हुई है यहाँ पर अभी मतलब कि फिनिशिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि पहला ये लॉन्चर लगा हुआ था जो कि मैंने आप सभी को दिखाया था यहाँ का वीडियो और आप सभी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूं आप जो आप सभी लोग जाके देख लेना देख सकते हो ये बीच का डिवाइडर बना दिया इन्होंने अभी देखो ये उधर बना दिया इधर ये देख सकते हो सेफ्टी बोर्ड लगे हुए आपके सामने दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरठ साउथ का स्टेशन आने वाला और उस पर बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों क्योंकि दो में इस रूट पर आपको बता दूं रैपिड रेल चलाई जानी है वो भी 160 किलोमीटर की रफ़्तार से दौड़ेगी दोस्तों मेरठ से लेकर और आपके दिल्ली के सरायकाले खां तक जाएगी दोस्तों और आपको बता दूं कि इस रूट पे बयासी किलोमीटर के पार्ट में दोस्तों अब बयासी किलोमीटर के रूट में दोस्तों दिल्ली के सरायकाल खां से लेकर और मेरठ के मोदीपुरम तक दोस्तों ये आपको बता दो पैंतालीस मिनट में पहुंचाया करेगी तस्वीरें देख सकते हो यहाँ से ये यह स्टार्ट हो जाता है मेरठ साउथ का स्टेशन क्योंकि यहाँ पर डबल लेन बनाई जा रही है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मेरठ मेट्रो भी चलाई जाएगी तो देख सकते हो यहाँ पर ये यह लेफ्ट हैंड पे ये देखो ये आ गया है ना ये डिवाइडर बनाने का काम स्टार्ट हो गया है और ऊपर आपको बता दूँ कि गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा अभी इस टाइम पर और आगे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है दोस्तों रैपिड रेल का तो आप लोग आगे चल के देखो कि कितना ही तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों ये देखो सारे में ही कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है क्योंकि उधर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है तो इस वजह से देखो वो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है ना ऊपर तो उसी वजह से ये मशीन खड़ी हुई है देखो यहाँ पर ये यह गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में अब फ्लोरिंग की तैयारी की जा रही है तो इधर भी अभी गाटर डाले जाएंगे दोस्तों और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ साउथ का स्टेशन जो मेन स्टेशन है वो दोस्तों देख सकते हो क्योंकि कौन कोच लेवल का तो काम हो चुका है फ्लोरिंग का भी काम हो चुका है अब इसमें दीवारें उठाई जा रही हैं चारों तरफ से और आपको बता दूं कि स्टेशन लेवल का अभी काम किया जा रहा है जिसमें से आपको बता दूँ पिलर उठा के और गार्टर बनाए जा रहे हैं मतलब कि हाँ वही बीम बीम डाले जा रहे हैं और बीम डाल के बाद में दोस्तों फिर इस पर फ्लोर किया जाएगा तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा देख सकते हो क्योंकि ऐसा ही अभी काम चल रहा है तो इधर थोड़ा सा आपको क्या है दोस्तों इधर थोड़ा सा स्लो काम चल रहा है क्योंकि ज़्यादातर ये प्रायोरिटी सेक्शन में ही तेज़ी के साथ में काम करवा रहे हैं क्योंकि अगले महीने में इन्हें रैपिड रेल चलानी है दोस्तों क्योंकि सत्रह किलोमीटर का पार्ट है साहिबाबाद से सा लेकर और दुहाई तक टाइस ये है मेरठ साउथ का स्टेशन क्योंकि डेली मेरठ एक्सप्रेस पर आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अभी चलते हैं उधर की साइड में और आपको दिखाएंगे ये कौन कौन से लेवल का तो देखो काम कंप्लीट हो चुका है अब प्लेटफॉर्मिल प्लेटफॉर्म लेवल का, का काम किया जा रहा है इस मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों देख सकते हो ये सेटरिंग लगी हुई है और इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों जो साइड में बीम डाला जा रहा है बीम डालने के बाद में फिर काम किया जाएगा देख सकते हो ये तस्वीर है कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये साउथ का मेरठ साउथ का स्टेशन दोस्तों जिस पर अभी ये देख सकते हो ये भी इन्होंने अभी बनाया है जल्दी में ही ये देखो कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन है मेरठ साउथ का दोस्तों तो अभी इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों क्योंकि इसके आर्म्स को बाहर ये आर्म्स बनाए गए हैं दोनों नीचे का भी ऊपर का भी तो पर का भी जल्दी में ही बनाया गया है तो इस पर सेटिंग लगी हुई है दोस्तों देखो सारे ही आम तो अभी बनाए गए स्टैंड किया गया है इनको और देखो ये सेफ्टी वायर है इनके ही थ्रू ये जो सेगमेंट जोड़े जाते हैं वो इनके ही थ्रू जोड़े जाते हैं और ये ये केबल बहुत हार्ड होती है दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन पर गई देख सकते हो टीम लगी हुई है वहाँ पर वर्क करते हुए तो यही नज़ारे हैं आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी थे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी के चैनल पर दोस्तों के पी लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों आगे चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को डेहली मेरठ एक्सप्रेस वे को किस तरीके से ये आरआरटीएस रैपिड रेल क्रॉस करेगी दोस्तों देखो सेटिंग सब में लगी हुई है और इस पर आपको बता दो प्लेटफॉर्म लेवल का, का काम किया जा रहा है जिसकी कौन कौन से लेवल की फ्लोरिंग सारे काम हो गए हैं फ्लोरिंग का दोस्तों और आपको बता दो दीवारा ये उठाई जा रही हैं बीच बीच में जो कौन कौन से लेवल की हैं लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल पर अभी बहुत तेज़ी के में कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है और आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद वहाँ फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है देखो आप लोग अपनी आंखों से और ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर के पी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों देखो ये सारे बीम बन गए हैं बीम बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और देखो इनकी फैक्ट्रिंग अब उतारी जा रही है अब इन पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इन फ्लोरिंग का काम किया जाता है और वह आपको बता दूँ कि आगे आप लोगों को बता दो कि लॉन्चर भी यहाँ पर स्टैंड कर दिया है इन्होंने लॉन्चर को भी देख लो ये स्टैंड कर दिया अब ये जाएगा सीधा प्रतापपुर की साइड में जोड़ता हुआ बायोडक्ट को दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर को सेगमेंट द्वारा ये ही लॉन्चर ये सेगमेंट को उठाता है ट्रक में से और फिर ये ऊपर ले जाता है खिंचका एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों इस तरीके से ये जोड़ता चला जाता है एक पिलर से दूसरे पिलर को आपको बता दूं एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों चार पाँच दिन का टाइम लग जाता है और ये आ चुका है डेहली मेरठ एक्सप्रेस में जिसको क्रॉस करेगी रैपिड रेल दोस्तों और इस पे आपको बता दूं स्टील के गाटर इस पर रख दिया इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों देखो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यहीं आकर ख़त्म हो जाता है प्रतापपुर में तो यहाँ से ऊपर दिल्ली के लिए जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे दोस्तों और ऊपर चढ़ जाएंगे और अगर हम बिल्कुल सीधे जाते हैं तो आपको बता दूँ कहाँ हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे और यहाँ से राइट में जाएंगे तो दोस्तों हम मेरठ सिटी के लिए अंदर पहुँच जाएंगे दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो तो हम चल रहे हैं ऊपर ऊपर से अभी आप लोगों को दिखा देते हैं क्योंकि डेली मेरठ एक्सप्रेस के पल्ली तरफ देख सकते हो वो आर के पिलर देखने के लिए मिलेंगे और आपको बता दूं कि जो नज़ारे हैं यहाँ वो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया हुआ है डेली मेरठ एक्सप्रेसवे का तो इसी वजह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वो देखो आर क्रॉस करेगी रैपिड रेल डेहली मेरठ एक्सप्रेसवे को जो कि पिछले साल ही बन के हुआ था दोस्तों तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर केपी संत लाता रहता आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत